हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स ठीक है तो ये हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है ये हमारा जो स्लेबस के अकॉर्डिंग है ये जो हमारा स्लेबस है इन्वामेंटल इन्वामेंट एंड पॉल्यूशन ठीक है तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ठीक है एंड ओवरव्यू तो देखिए सबसे पहले जब भी हम अपने आसपास देखते हैं चीज़ें देखते हैं अपना इन्वायरमेंट देखते हैं अपनी सराउंडिंग देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हालाँकि कितने ज़्यादा पोल्यूशन हमारे सराउंडिंग में है हमारे इन्वायरमेंट में है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं उसको कम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे और बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो भी पर्सन है आज कोशिश तो यही है कि कैसे भी करके वो सराउंडिंग जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री रहे इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं पर अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि पॉल्यूशन कम हो क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हो गए हैं जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं पॉल्यूशन और ज़्यादा फैला रहे हैं ठीक है तो हमें क्या है उसको कंट्रोल करना है तो हम कंट्रोल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं और पॉल्यूशन एक्जैक्टली exactly, कैसे पॉल्यूशन से बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो क्या क्या -का, किस किस चीज़ का प्रोसेस है एयर का वाटर का अर्थ का ये क्या ये सब कंटामिनेटेड हो चुके हैं मैन वेस्ट से मैनमेड वेस्ट के कारण ठीक है इससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी हो रहे हैं ओजोन लेयर जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है ठीक है एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं एटमोसफियर है वो सारा इफ़ेक्ट हो रहा है ठीक है वाटर पॉल्यूशन की वजह से हम लोग नीट एंड क्लीन वाटर नहीं ले पा रहे हैं नहीं पी पा रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहे हैं अभी जिसकी वजह से क्या आगे चल के जो भी हम जो भी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं या हम फार्मिंग कर रहे हैं उस पे भी पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है ठीक है तो इस तरीके से देखा जाए तो इतने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखे हैं अभी कि उनसे उनके लिए जो भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं पर वो नहीं काम कर पा रहे हैं अभी क्यों क्योंकि लोग उन पर इंफ्लुएंस कर ही नहीं रहे हैं उनको अपनी लाइफ में यूज़ करें जैसे कि पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स करें व्हीकल्स जो हैं लेस पोल्यूशन हो जिनसे कि है ना वाटर पोल्यूशन ना करें पर अभी ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक ठीक है तो ये क्या जो भी इन्वामेंटल पॉल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है एयर वाटर अर्थ ठीक है सॉयल इतने सारे जो पोल्यूशन है वो सारे मैनमेड वेस्ट की वजह से क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं तो देखिए जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया वाटर पोल्यूशन हो गया नॉइज़ पोल्यूशन हो गया ठीक है सॉइल कंटामिनेशन हो गया रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हो गए थर्मल पोल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन सबसे बहुत सारे पॉल्यूशन पर हम मेनली किसकी बात करेंगे ऊपर के तीन पॉल्यूशन की जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलते हैं क्योंकि मेनली यही रीजन है ठीक है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन ठीक है तो इससे हो क्या रहा है ये ये जो पोल्यूशन है इससे हमारी जो भी इन्वामेंट है वो इफेक्ट तो हो ही रही है साथ में हम हम लोग भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशन अभी हो गया है कि हम लोगों को फ्रेश एयर भी नहीं मिल पाती जो भी एयर हम जो भी ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो सारा पॉल्यूटेड ऑक्सीजन ही होता है तो अगर हम अपनी कोशिश करें हर पर्सन अगर कोशिश करें इसको लेस करने का तो वो हो सकता है जैसा कि मैंने बताया अभी अभी कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है ये जो पोल्यूशन है वो सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा तो इसलिए हमें क्या करना है हमें बचाना है अपनी सारी चीज़ों को जैसे कि सॉयल सॉइल हमें क्यों बचाना है क्यों उससे पॉल्यूट नहीं होता है क्योंकि कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे कैसे कल्टिवेट करेंगे चीज़ें कैसे फार्मिंग करेंगे एयर अगर पॉल्यूट इतनी होती जाएगी आगे तो हम कैसे साँस लेंगे वाटर अगर हो जाएगा तो हम क्या पियेंगे है ना तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें क्या है इनको पॉल्यूशन फ्री रखना है कैसे ना कैसे भी करके ठीक है तो जैसे कि अभी तक इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं पोल्यूशन को और रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन को लेस करने के लिए पर अभी तक क्या है वो चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं पर अभी पोल्यूशन लेस नहीं हुआ है पोल्यूशन जो है वो कम नहीं हुआ है तो हमें आगे यही सारे स्टेप्स लेने हैं कि हम जो पोल्यूशन है उसे लेस कर सकें ठीक है तो सर्वाइवल जो है अभी इन्वामेंट का वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो हमारे वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो चुके हैं ठीक है थीके? कुछ मतलब मैंटेन ही नहीं है कि जो भी हम मैनमेड सारे के सारे पॉल्यूशन हैं और ठीक है जो कि हमारे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से हम अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सबसे पहले तो हमको अभी क्या करना है ये सेवन आर्स का हमें यूज़ करना है सेवन आवर्स क्या कहते हैं सबसे पहले देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं रिसोर्स रिप्लेस रिड्यूज रिलेबल रिपेयर रियूज रिसाइकल ठीक है replace, reduce, reliable, repair, reuse, हमें जो भी चीज़ें हैं उसे हम रिप्लेस करें रिड्यूज करें है ना रिसाइकल करें तो इससे क्या होगा पोल्यूशन भी कम से कम रहेगा ठीक है तो कोशिश करें कि हम ये सेवन आवर्स को अपनी लाइफ में लाएं ठीक है और उनके थ्रू उनकी हेल्प से हम ये पोल्यूशन कम करने की कोशिश करें ठीक है तो ये अभी तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है जिसमें हमने जाना कि पोल्यूशन कौन, कौन कौन से पॉल्यूशन हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं और हम उन पर क्या काम कर सकते हैं हम सेवन का यूज़ कर सकते हैं ठीक है सेवन को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है रि, रि, रिसोर्स रिप्लेस रिड्यूस ये सारी चीज़ें ठीक है तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू हुआ है अभी कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो उसमें क्या है आपको इंट्रोडक्शन बताया पॉल्यूशन का और थोड़ा सा उसका प्रवेंशन भी बताया कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाकी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता दिया उसमें आपको क्या आप किस किस तरीके किस, pollutions के पॉल्यूशनस के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं ठीक है तो अब हम नेक्स्ट हम ये चैप्टर जो है इसके सारे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसमें पॉल्यूशन में कि हम किस तरीके से पॉल्यूशन फ्री अपना स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन फ्री हम अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें इन्वायरमेंट अगर क्रिएट पॉल्यूशन फ्री क्रिएट होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो क्योंकि आजकल की जो भी जो भी टाइम है वो इतना पॉल्यूट है इतना पॉल्यूट है कि हमें ऑक्सीजन तक नहीं पॉल्यूशन फ्री मिल रहा हो फिर जो भी पानी हम पी रहे हैं ऑबियसली उस वो भी पॉल्यूशन पॉल्यूट ही है है ना तो पॉल्यूशन जो भी है सारी चीज़ें आजकल पॉल्यूटेड हो चुकी हैं तो कुछ भी फ्रेश मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो अगर हम अभी से स्टार्ट करें और कोशिश करें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने की तो वो हो सकता है तो इसके आगे हम यही बात करेंगे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे इस पर क्या इम्पेक्ट अभी पड़ रहा है और फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है ठीक है तो अभी तो आज मैंने आपको इंट्रेक्शन बताया है पॉल्यूशन का कि इन्वायरमेंट और के बारे में So thank you.